अल्लाम दोस्तों उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त ठीक होंगे सेवन वंडर ऑफ द एनशियट वर्ल्ड के फर्स्ट पार्ट में हमने पहले तीन अमारा का जिक्र किया था जो कदीम तरीन अमारात और एंशंट वर्ल्ड में शामिल थी और अब हम सेवन वंडर ऑफ द एनशियट वर्ल्ड के सेकेंड पार्ट में बाकी चार अमारा का जिक्र करेंगे जो कदीम तरीन अमारात हैं तो चलिए दोस्तों देखते हैं वो कौन सी चार कदीम तरीन अमारात हैं जिनका हम जिक्र करने जा रहे हैं अली का मकबरा यूनान की घर से चुना और फिर उसको एक खूबसूरत शहर में बदल दिया था ये शहर तुर्की इलाके में है और बॉडम के नाम से जाना जाता है चौंतीस तो के वक्त जब शाह मुस्स की वफात हुई तो मलका ने अपने शोहर की याद में हॉली कार्नेसिस में ये अजीम मकबरा तमीर करवाया था तो ये दोस्तों शाह कार अजुबा शामुसिस या के मकबरे नाम से से जाना जाता है। से किया गया मकबरा आज जब उसकी ऊंचाई तक एक सौ चौतीस फीट थी उसका सबसे निचला सीढ़ियों की शक्ल में था और साठ फीट की ऊंचाई तक जाता था इसके ऊपर छत्तीस थे और इनके ऊपर इस निशानात बाकी है जबकि इसकी कुछ बाक्यात किला बोर्डम की दीवारों में इस्तेमाल की गई है तकरीबन सत्रह सदियों तक मौजूद रहने वाली इस मकबरे के कुछ हिस्से लंदन के एक म्यूजियम में आज भी महफूज है ज्यूस का मुजस्मा दोस्तों कदीम यूनानी जबान में जूस का मतलब आसमान का देवता लिया जाता है जीवस का देवता यूनानी देव माला में सबसे बड़ा देवता, देवता माना जाता था ज्यूस का जो मुजस्मा लगभग 430 सौ तीस अजमसी में मशहूर आर्टिस्ट एडियास ने इसको यूनान में ओलंपिया के मुकाम पर तमीर किया था दोस्तों ओलंपिया दरअसल वही जगह है जहाँ तकरीब तीन हजार साल कदीम ओलंपिक गेम्स हुआ करती थी ये गेम ज्यूस देवता की तक्रीब में मनकद होती थी दोबारा आगाज 19वीं सदी ईस्वी में हुआ जो आज तक जारी है जिसने ज्यूस का, का काम इंतई खूब अंदाज ऐसी कशीदाकारी भी की गई थी तो ये मुजस्मा दरअसल ज्यूस देवता का एक ऐसा बुध था जिसमे वो शानदार तट पर बैठा हुआ था इस मुजसमे के दाए हाथ में एक छोटा सा एक और मुजसमा था जिसे फता मुजस्मा कहा जाता है जबकि बाएं हाथ में सोने से बना हसा जिस पर एक कुका बैठा हुआ था तकरीबन आठ सालों में, में नस्ल किया गया था दोस्तों रोमन शहशाह पर ईसाई पातियों के गलबे के बाद उन्होंने खत्म करवा दिया था और ज्यूस का मुजस्मा को यूनान के एक और मुकाम पर आज के मौजूदा इस्तेमाल में मनिद करवा दिया गया था और ये पचास साल बाद ये मुजस्मा आती जिंदगी के बाईस से मिट गया दोस्तों आज इस टेम्पल की बाकियत के कोई आसार नहीं मिलते और इसकी खाली तस्वीर 1950 में मिलने वाले सिक्कों से ली गई है और इसका जिक्र तामिर भी उन्हीं सिक्कों पर बनी तस्वीर से मिलता है बबल के मौलिक बागत छह से छह सौ बासठ कबल अज मसीह नानी के ऐत में इराक़ में तामीर हुए कहा जाता है कि बख्त की बीवी को पहाड़ों से दरों से बहुत लगाव बीवी की के लिए मौलिक बागत लगवाए थे बाबुल के मौलिक बागत है कि ये बागात से मौलिक थे। लेकिन और इस नाकबिल यी मफरज़े को रद्द कर चुके हैं एक बरतानवी गहल की दीवारों पर बनाए गए थे और हकीकत में मौलिक न थे बल्कि दर्जा बदर्जा बड़ी सीढ़ियों की सूरत में बुलंद होते हुए साढ़े तीन सौ फुट तक पहुँच गए थे कुछ मौरखीन का ये भी कहना है कि ये बागात कभी वजूद ही नहीं रखते थे एक मशहूर यूनानी जिसे फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है इसने भी इन बागात का कहीं भी जिक्र नहीं किया बल्कि चंद दूसरे यूनानी मोरखीन के मुताबिक इन बागत का वजूद था और ये पहली सदी इसी में एक जंजे के बाय खत्म हो गए गर्म खोफू मिस्र में गीज़ा के मुकाम पर मौजूद हरम या पैरामिड शक्ल तीन हरम का शुमार तामिरात में होता है ये हरम खोफो के मकबरों के तौर पर जाने जाते हैं और हरम में सबसे कदीम बड़ा और बुलंद हरम देश पार्लिमेंट ऑफ गिज़ा या हरम कहलाता है हरम मिस्र के हरम में सबसे बड़ा पुराना और तकरीबन चार साल तक ये दुनिया की बुलंद तरीन भी रहा है और इसकी तारीख और तामीर तकरीबन तमीर तक सताईसौ बताई जाती है और इसकी बुलंदी एक वक्त में चार फीट थी जो मौसम तो की बदौलत ऊपरी हिस्सा मिट जाने की वजह से अंदाजा 450 फीट रह गई है इसकी लंबाई चारों तरफ से 755 फीट है और इसका कुल रकबा 13 एकड़ का मुहित है इसकी तामीर में तकरीबन तेईस लाख पत्थर के ब्लाक इस्तेमाल किए गए है जिनमे हर पत्थर का वजन तकरीबन अढ़ाई से तीन टन है और कुछ पत्थर तो इसमें से भी वजनी हैं। एक तहकीक के मुताबिक इस हरम में लगाए गए इन ब्लॉक्स का कुल वजन सत्तावन लाख टन था लेकिन हैरान कन बात यह है कि ये पत्थर इस नफासत और कारीगरी से लगाए गए हैं कि दो पत्थरों के दरमियानी लाइन में एक आम प्लास्टिक का कार्ड भी दाखिल करना मुश्किल है हरम खौफों के अंदर अब तक तीन चैम्बर या कमरे भी दरियाफ्त हो चुके हैं फिरौन खौफों के हरम की बुनियाद चकोर है जबकि इसके पहलू तो ये ऊपर जाके एक नुकते आरोप ले जाती है दोस्तों हरम दुनिया के करीब सात अजायबात में सबसे पुराना जुबा ये अजूबा इन कदीम सात अजूबों में वाद अजूबा जो हजारों साल गुजरने के बाद भी अपना वजूद बरकरार रखे हुए हैं।